सावरियों मारे रूर मैं रम ग रूरू मै रम ग मिसरी में मीठास बणो सावरियों मिसरी मैं मीठास बण्य सावरियों भीक्षु श्याम भीक्षु श्याम जी भड़ मैं जम गया जी भड़ मैं मम ग फुलड़ा जिया सुवास बण सावरियो फुलड़ा जिया सुवास बण सावरियो मिसरी में मीठास बण सावर छहलिया जिया चांदड़ मह चानी छालिया जिया चांदड़ महचानी ऊन में जो प्राण प्रीत रीत गीत रागिणी ऊन में जो प्राण प्रीत रीत गीत रागिणी कविता में अनुप्राश बण्य सावर कविता में अनुकाश बण सावरियों मिसरी में मीठास बण्य सावरियों पीता, खाता पीता सोता उठता याद आवे सावरियों खाता पीता सोता उठता याद आवे सावरियो नाल में उतरता चढ़ता याद आवे सावरियो नाल में उतरता चढ़ता याद आवे सावरियों साखी स्वासु स्वासु बनो सावरियो साखीवासु श्वास बनो सांवरियों उलड़ा जिया सुवास बनो रे सावरियो याद आवरियो बार याद आवे सावरियो मोड़े स्यू बार याद आवे सावरियो पंखेरु आकाश बनो सावरियो आकाश बन्यो बणो सॉँवरियसरी में मीठास बन्यो रे सावरिय विरोधी विस्पी शंकर बन ग मारो सांवरियो विकट विरोधी विस्पी शंकर बन बणगो मारो सांवरियो डर न धमक्या अभयंकर बन गया मारो सांवरियो डर न धमक्या अभयंकर बन गया मारो सांवरियो सज्जन जन विश्वास बनो सावरियो सज्जन जन विश्वास बनो सावर उलड़ा जिया सुवास बण्य सावर लोगो तरव्याम लोहपी मानो लौकिक लोगो तरव्याम लोहसी माननो बाहर भीतर एक सारी खो ही चानो बाहर भीतर एक सरी खो चानो ही चाननो देली दीप प्रकाश बनो सावरियो देली प्रकाश बनो सावरियोंसरी में मीठास बनो रे सावरियों त्याग भोग गीतम बाफू मेल बताकर सुलझाओ त्याग भोग ने गीतम्बाफू मेल बताकर सुलझाओ साधु असाधु विभेद वेद रो हेतु सुनाकर समझाओ साधु असाधु विभेद वेद रो हेतु सुनाकर समझाओ सूरज तेज निवास बन्यो सावरियो सूरज तेज निवास बणो सवर मिसरी में मीठास बण सावर सागर भाद्रव सुदते रसने ज्ञान सरायो सिरियारी सागर भाद्रव सुदते रसने ज्ञान सरायो सिरियारी ज्ञान योग में प्राण विसर्जन किचरज पायो सिरियारी ज्ञान योग में प्राण विसर्जन किचरज पायो सिरियारी ले समाधि फिर वास बनो सावरियो समाधि फिर वास बण सावरियो उलड़ा जिया सुवास बणो सवरियो सावरियो मारे रूरू मै रम रूरू मै रम जिसरी में मीठास बण सावर सरी में मी आस बण्य सवर भिकु श्याम भिकु श्याम जी भड़ लिया जम ग भिकु श्याम भिकु श्याम जी भड़म जम ग जी भड़ लियाम जम ग फुलड़ा जिया सुवास बण्य सवर हो फुलड़ा जिया सुवास मिसरी में मी खास बनो सॉँवर फुलड़ा जिया सुहास बनो सॉँवर मिसरी में मी खास बनो रे सावर